किसी की यादों में खोए हुए खाब को हमने सजा लिया किसी की बाहों में खोए हुए अपना उसे बना लिया यार प्यार में कोई ना जागता ना सोता है कैसे कहूं मैं ओ कर कैसे होता